जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा प्राव उत्कल बंगा विंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधित तरंगा

तव शुभ ना जागे तव शुभ आशीष मागे गा तव तब जय गाधा जन गण मंगल गायक जय है पानक भाग्य विधाता

जय जय जय जय पम पम पम ये देश है वीर जवानों काल बेलों का बैलों का मुस्तानो का इस देश यारों इस देश यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना

बतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून सर पे लाल टोपी तो रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है।

पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम आ जा जा जिंदोशानी के तले आ जा जली वाले नीले आसमानो के तले आ जा हो, हो, हो, हो। चक दे

वंदे मात मात मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजुलाम सुफुला मलयत शीतलाम सस्त श्यामला मातरम वंदेम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम दुनिया एक दुल्हन एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल दुल्हन दुल के माथे की बिंदिया ये मेरा

समझ सको तो समझो दिल बर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी फिर भी, भी दिल है हिंदुस्तानी फिर दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर दिल है हिंदुस्तानी मेरा रंग दे

दे आ, रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए दे

बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की